सब का इसके साथ लोग आप लोग का स्वग नहीं तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइक्राफ्ट वन ब्लॉक सीरीज बड़का सीरीज में आपको ना पता चले माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सीरीज क्या होती ऐसा होता है कि हम एक ब्लॉक तोड़ेंगे तो नया ब्लॉक आएगा और गाइस इसमें माइनक्राफ्ट की जितनी भी बायम है और बायम मायाव हो या जंगल बायम हो सब बायो भी इसके अंदर आते हैं जिस लेवलते हैं और गाइस इसके अंदर मोब भी आते रहे सोम भी सब आ सकते हैं गाय ये हमसे ध्यान से खेलना है गाय इसके पार्ट भी आते रहेंगे नए नए गाय आज मैंने सोचा उनको मैं पता है मैं अभी नया वर्ल्ड बना हैं और खेला वो आपको पता है वो वीडियो मैंने अपलोड किया था और गाइज मैंने सोचा आज हम ये वर्न ब्लॉक सीरीज खा एक वीडियो वीडियो तो तो तरीके स्टार्ट स्टार्ट करता है भी स्टार्ट करते हैं तो गाइस मैं ब्लॉक तोड़ के आपको दिखाता हो देखो देखो तोड़ा भाई मैं गिर गया ओ भाई ये क्या कोई नया ब्लॉग ही नहीं है यार मैं तो गिर गया भाई एक तो। भाई मतलब क्या है यार मतलब कुछ तो नहीं यार क्यों नहीं आ ओके और मेरे रिक्श लेना चाहता बता क्या क्या हालत हुई है फिलहाल मेरे अबे यार ये सॉरी सोरी ये सब कुछ आता है ओए यार ब्लॉक लोग क्या ब्लॉक क्यों लगा तेरे ऐसे ओए यार तेरे चेस्ट में से जो माल होsin ओके कैरेट से दो लूट से सेव से पोटैटो इज सो गुड सब ले लो आजा ओ इसको तोड़ दो रो गेम ना गिरना मत यार हां कोई सब भाई मतलब है क्या है मेरे को सिर्फ लिटरली नहीं पता चला इतना डर लगा है ना भाई ने क्या बोला ओ भाई साहब ऑफिसम लोगों के बचे ओके गाइस, गाइस फाइनली मुझे भी पड़ गया गौ माता गौ माता आपके लिए कुछ धगा रख देता हूँ रुपा आपके लिए थोड़ी सी जगह कर देता हूँ गौ माता अरे यार गौ माता खेल ओके आप वही पर ही रोकोगे मैं अपना काम करने लगता हूँ ओके ओके गाइस गाइस ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक तोड़ देखो मेरे कितने तोड़े तोड़े हो गए 16 60 हाँ थोड़ा ठीक है उसको भी कलेक्ट करो ओके अच्छी बात है वापस से टोड़ो टोड़ो तोड़ो आई थिंक बहुत सारे वोड आ गए यार यार ऐसे मैसेज मैं वैसे मैं आपको सुबह उठने के बाद मिलता हूँ ओके okay. अरे यार चलो भाई शायद अरे यार बेट अरे यार क्या बोल रहा है बार भाई वापस से बोरी चीज बोते होते सब तो मैंने सॉरी मिलेगा गया था गाइस तो गा। था तो तो में मर मर गया गया मेरे से ऐसा दिखेगा ही नहीं। इस मेरे में क्या सोच रहा हूँ इसके पूरे यार वो नहीं इसको चार्जिंग रहा है फटाफट से चार्जिंग में रखना पड़ेगा मोबाइल अभी आपको बाद में मिलता हूँ ओकेगा स्पीड से तो बाद में मिलता हूँ वापस आ गया बाद में सो मेरे भाई का फोन आ गया था इसलिए मैंने उठा अरे यार गौ माता वहाँ रो ना अरे गऊ माता गिर गई आ जाओ, आ जाओ। गौ माता गिर जाते होगा मेरे पहले माता चली गई गौ माता दूध हुए को हमने मार दिया अबे यार ये क्या हो रहा है क्या क्या हो हो रहा रहा रहा है है है बार बार ऐसा क्यों मैं इसका वो कर और लेने हाँ। तो स्टिक्स बना लेंगे इतने लोग हो जाएंगे उसका स्टिक्स बना लेते हो ये ले लो ना सबकी रेसिपी आती है हमारे पास इतना टाइम नहीं है ये ले लो एंड लास्ट तो ये ले ले। और यहाँ पर टेस्ट कॉफी प्लस इधर कॉले और इसमें वो है ना इसको इसमें जमा कर लेकर उसको सबको सब मैं जमा कर लेता हूँ ना okay, चलो इसको स्टार्ट करते हैं आजा आजा ये आगे देखते देखो हमारा दुस्म दोस्त आ गया है अब चीज़ उसका यार अब उस चीज़ अब इसको इसको इसको इसको मैं फिल फिल फिल कर दिया। इसको याँ फिल कर तो। इसको याँ फिल कर दिया तो। तो। भाई भाई ऐसे ही ही है ना तू ये हमारी सिप पुरानी को मैंने सिप की ट्रांसफर कर, कर दिया है आ जा मेरे बटा और भाई लग जा आई थिंक इतनी जगह सही है। मैं क्या करता है, जो है। मैं तोड़ के हाँ साइड में लगा देगा और ऐसे करके ऐसे करके ओके गाइस okay अब नेक्स्ट मेरे को लगा भाई नहीं गिलासूंगे नहीं जब से मैं सूंगा नहीं तो तब भी जा सकते हो अब हमारे पास में सिप को मारे गाय सिप को मार देता हूँ बाद में मिलता हूँ गाय गाय सारी सीप को मारने के बाद भी ये कैसी सीप गई है और गायस ने हमें अपना बेड भी बना लिया है चलो अब गो आगे काम स्टार्ट कर देती अबे, अबे, अबे, अबे, तोड़, उसका नहीं जो हमारा वर्ल्ड है उसका तो एक एक करके आएंगे कभी वर्ल्ड का आएगा तो कभी तो अबे यार अब मैं दंगा गया अब मेरे को नहीं बना रहा बनाना तो नहीं बनाना यारे को तंग करके रखा है यार सो ऐसा आज के वीडियो में इतना ही सो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ओके का नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस हम अपना वीडियो का लाइक गाइस उतनी लाइक तो आप कंप्लीट कर देना ओके गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में तब तब के लिए बाय बाय